मुझे नशा है तुम्हें याद करने का इश्क याद तो और ये नशा मैं में सारे आम करता हूँ मेरी जिंदगी है